नमस्कार, बेबाक बात में आपका स्वागत है भारतीय सेना के पूर्व जनरल जी.डी. साहब इस समय हमारे वर्तमान में हमारे सेनाएं बहुत अच्छा काम कर रही है लेकिन राजनेता में, में आते हुए नजर आते हम तो इतना ही कहेंगे कि आप जरा आदेश तो दे दीजिए फिर देखिए देखिए ऐसा है मैंने सेना में मैं अपनी सर्विस शुरू करी थी उन्नीस में हमारा जो बैच है उसको बॉन्ड टू बैटल बैच कहते हैं कि हम लड़ाई में बॉन्ड टू बैटल आपको तो ज्वाइन करते ही युद्ध का मौका ना, मिल तो गया था तो हम लोगों का जो हमारी जो पीढ़ी है उसने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे जब क्लियर कट आदेश आ गए थे बख्शी साहब कहते हैं कि उनकी पीढ़ी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे हमारी पीढ़ी को पाकिस्तान के चार टुकड़े करने चाहिए कैसे? जब है? तक आप नहीं करेंगे आप आप जो है चैन सुकून से बैठ नहीं पाएंगे। ये चार टुकड़े कैसे हो सकते हैं देखिए साहब जहां चाह वहां राह अगर पाकिस्तान आपको तोड़ने की साजिश शर् आम दुनिया को बता के ऐलान कर पचास साल से कर रहा है पचार। और पचास तो आप सत्तर साल हो गए क्योंकि 1947-48 में पहली बार उसने दस हजार कबाइली भेजे थे ट्रकों के साथ लूटपाट औरतें उठा के ले जाने के लिए अफरीदी और मैसूद और ये सारे तब से वो साहब ऐलान करके आपको तोड़ने की साजिश में लगा हुआ है एक किताब है ब्रेकिंग इंडिया हमें जरूर कभी पढ़नी चाहिए राजीव मल्होत्रा साहब ने लिखी है दस साल पहले यह किताब रिलीज हुई थी उन्होंने उस किताब में एक झंडा दिखाया था जो अमेरिकी और यूरोपियन थिंक टैंक्स में घूम रहा था तब से जिसमें कि भारत के तीन टुकड़े दिखाई दिए थे ऊपर का टुकड़ा कश्मीर से लेकर बांग्लादेश तक मुगलिस्तान ये जो छत्तीसगढ़ का इलाका है ये दलित और जो उसके नीचे का इलाका ड्राविडिस्तान ठीक है साहब जबकि जीन पुल की थ्योरी कहती है कि साहब भारत का पूरा जीन एक है ना कोई द्रविड़ ना कोई ना आज द्रविड़ आज बाटी नहीं सकते आप उनको ये बकवास है सारा का सारा साहब ये अंग्रेजों की बजाई चाल अभी तक चल रही है मैं तो, मैं, जो मैं तो अभी भी, भी आपको तोड़ने की बातें कर बख्शी साहब मैं तो गिलगिट का मसला हो सिंध का मसला हो बलुचिस्तान का मसला हो हम राजनीतिक दृष्टि से देखें सामरिक दृष्टि से देखें तो दोनों अलग अलग चीजें राजनीतिक दृष्टि से जो प्रयास हो रहे हैं इसके लिए वो क्या काफी है देखिए हमने जो है अगर फॉल्ट लाइंस भारतवर्ष में है जिसको दुश्मन है उनकी भी फॉल्ट लाइन्स बहुत है पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन्स हाँ, मैं, बहुत पाकिस्तान की फॉल्ट लाइन्स पे जो आपने इशारा किया है गिलगिट बाल्टिस्तान के शिया लोग हैं जो त्रास उनको दिया गया है आजादी के बाद साहब शायद ही किसी को मालूम होगा क्योंकि हम सारा फोकस है साहब अजमल अमीर कासब के ह्यूमन राइट्स पे और जो कश्मीर में जो चांदे पत्थरबाज है उनके, उनके राइट्स के, आप जरा बलूचिस्तान की तरफ नजर वहां पे गुजारीिये कितने बलूचियों से मैं मिला हूँ बोलते हैं साहब हमारे बच्चे लगातार बातचीत चलती रहती है कितने बेचारे आज दिल्ली में घूम रहे हैं मारे मारे हाथ फैलाते लोगों की हमारी मदद करिए हमारे बच्चे उठा लिए जाते हैं किए जाते हैं लाशें सड़कों पे बाजारों में गलियारों में फेंक दी जाती है वो देश हमें ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ा रहा है ब्यूटी इज वो देश ह्यूमन राइट्स का पाठ पढ़ा मुहाजिरों को देखिए यहां से जो बेचारे गए थे मुसलमान भाई आज भी उनको सत्तर साल के बाद रेफ्यूजी मुहाजिर कहा जा रहा है तो साहब ये अपने आप में बता देता है वहां का सच तो सिंध के लोग कर... अभी कमी कहा है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है इतिहास का वो ये दर्शाता है की जब अंग्रेज गए हमें नपुंसक करके गए हमारे ऊपर वो गांधीवाद थोप कर गए इसमें हमें बताया गया दे दी हमें आजादी बिना बिना ढाल माफ कीजिए हिंद फौज मैं मैं आपसे सहमत हूँ लोग फांसी फांसी के के फंदों फंदों लटक लटक रहे रहे थे थे लोग और बहुत कम लोग जानते हैं दिस इज हाउ इतिहास अगर आप लिखें तो आप दुनिया का दिमाग मोड़ सकते हैं बहुत कम लोग जानते हैं कि आजाद हिंद फौज की नफरी थी साठ हजार उनमें से छब्बीस शहीद हो गए साहब फिर कहना कि हमें अहिंसा से आजादी मिली है तमाचा मारना है उन 26000 शहीदों के मां बाप पर भाई बहन पर बच्चों पर तमाचा मार रहे हैं आप लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है गांधीवाद हम पे थोपा गया जिस तरह जापान का निशस्त्रीकरण किया गया न्यूटर किया गया कि जापान ना लड़ सके जर्मनी ना लड़ सके पैसोफिजम वॉज इम्पोज ऑन जापान उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई आपके ऊपर साहब गांधीवाद थोप के गए जब जनरल सर रॉय बुचर जो आपका पहला ब्रिटिश आर्मी चीफ था वो अपनी केन और टोपी डाल के नेहरू जी को सल्यूट मारने गया अपने पॉलिटिकल मास्टर को, और उनके पास वो प्लान्स ले गया कि भारत की फौज की एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन तो क्या कहा नेहरू जी ने उसको जनरल वी डोंट नीड एन आर्मीड पुलिस वी आर अ पीसफुल कंट्री लवर पंचशील वो सब सारी पंचशील हमारी धरी की धरी रहेगी जब हमको उन्नीस में चीनियों ने करारा तमाचा मारा हमारे मुंह के ऊपर तो कोई ना ना कोई ना ना नॉन अलाइन्ड हम लोग हाथ हाथ पे आद मल के रोते रहेंगे तब से लेकिन कुछ जागृति हुई आप आपने तो इकहत्तर से लेकर बासठ तक और फिर कारगिल तक सारे दौर देखे इस दौर में सबसे ज्यादा ताकतवर सरकार किसकी नजर आई देखिये दो टूक शब्दों में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को दो में तोड़ा जो जो कुछ भी कह जो कुछ भी भी कह गाली दे लीजिए मर्द ने नहीं किया अभी अभी अब क्या पैमाने बन जाते हैं लंबाई चौड़ाई के छप्पन इंच सत्तावन इंच हमारे यहाँ अभी एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई फिर एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई साहब हमको बहुत उम्मीद थी सरकार से बहुत हद से ज्यादा उम्मीद थी कि ये सरकार आएगी अब हमको मौका मिलेगा जो कि हम तीस साल से जो जहर का पीके जो अब जो तो खोलो। हम भी इनको लड़ना क्या होता है लड़ाई कैसे होती है ठीक है साहब सलवार कमीज डाल के लड़ने आते हैं साले क्या कहते हैं सिविल ड्रेस में तो हम इनको बता दें कि लड़ाई होती कैसी है लेकिन साहब हमें हैरत है कि हाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई एक शॉट अक्रॉस दायर क्लियर इंडिकेशन वॉज गिवन कि दस फार एंड नो फर्दर लेकिन हमारी उम्मीद थी कि यह सर्जिकल स्ट्राइक होगी ट्रैफिक। अरे साहब वन वे ट्रैफिक क्यों है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से उस पार लोग आए मारे लाशें गिराए चलते बने सीटी बजा के क्या है साहब ये कोई बेशियाघर है नहीं, नहीं मैं फौजी भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं टू वे ट्रैफिक आप एक यहाँ करो दस जैसे इजरायली करते हैं। आप एक पे हाँ। दिन अभी तक मेरी समझ में नहीं आया उधर से उल्लंघन रोज होता है हो रहा है तो आप दीजिए टिका के वो तो मौका है साहब ऐसा सुनहरा मौका तो हम ढूंढते थे कि दुश्मन मौका दे तो साहब हम बताए तेरे को साहब आगे हिसाब होता है क्या और मैंने किया हुआ है मेरे खिलाफ वो ट्वेंटी बलूच थी और 3 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी उन्होंने पंगा लिया मैंने कहा मैं बताता हूँ ऐसा ठोका कि उनके 40 मरे और 132 से ज्यादा घायल हुए थे झग मिट गई सफेद झंडा खड़ा किया था वहां पे सफेद झंडा खड़ा किया था कारगिल के सामने जहाँ पे मेरा वहां पोस्ट था हाँ मेरे के छह जवान मेरे शहीद हुए इक्कीस घायल हुए लेकिन चार गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाया और झग बिटा दी ये है आप इकहत्तर से लेके और कारगिल तक हमारी जो रणनीति रही जो वॉर रूम आप तैयार करते थे फिर अटैक करते थे उसमें कुछ चेंज आए देखिये आपको समझना पड़ेगा उन्नीस सौ अट्ठानवे में हमने न्यूक्लियर अपने जो है प्रदर्शन किया अपना न्यूक्लियर ताकत दिखाई दुनिया को और उसके थोड़ी देर के बाद चीन से उधार लेके पाकिस्तान ने भी छह किया अब जब से ये न्यूक्लियर पैरिटी आई है हमारे जो राजनीतिक तबका चाहे कांग्रेस हो कांग्रेस में तो खैर बिल्कुल ही वो बैठ ही गए थे और यहाँ पे भी हमने देखा कि एक फैल गया है न्यूक्लियर तो भाप में उड़ जाएगा साहब ये महज बकवास है पाकिस्तान के पास दम नहीं है पाकिस्तान के फौजी जर्नल जिनके हाथ में न्यूक्लियर बटन है उनके काली शान बंगले हैं, उनकी बड़ी बड़ी कारें हैं उनकी मोतियों से लदी बीवियां हैं। आप समझते हैं ऐसे बंदा न्यूक्लियर बटन दबाएगा उनके बटलर हैं वेटर हैं चौकर चाकर हैं, ऐसे लोग न्यूक्लियर बटन नहीं दबाते आप समझे साहब आप कारगिल में ढाई महीने युद्ध हुआ तकरीबन तीन महीने युद्ध हुआ था कितने बम दिल्ली पे गिरे थे सर्जिकल स्ट्राइक आपकी आपने करी कितने बम दिल्ली पे गिरे तो ये जो ढकोसला जो हमारे में ये जो गांधीवादी तबके ने नौकरशाही में पता नहीं ये तबका है कहाँ है तबका मुझे समझ नहीं आता सब सरकारें आती हैं कि शेर की तरह और फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि किसी और तरह रूप में उनको बिल्कुल नौकरशाह लपेट लेते हैं और गांधीवाद के रंग में उनको पेंट कर दिया जाता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब गांधीवाद हो गई है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बख्शी साहब कह रहे थे कि सबसे बड़ी समस्या गांधीवाद हो गई है बख्शी साहब से बातचीत का दौर जारी रहेगा फिलहाल छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है बुलंद आवाज आप सुन रहे हैं बख्शी साहब की बख्शी साहब गांधीवाद सुभाष चंद्र बोस आप भी बहुत कुछ करने जा रहे हैं जी देखिए साहब ऐसा है कि हमारे देश में अठारह में पहली गदर हुई थी स्वतंत्रता संग्राम हुई थी अंग्रेज थर्रा गए थे उस वक़्त तो उन्होंने सोचा कि साहब हम ये भारतवर्ष कैसे इकट्ठा हुआ इतनी जातियाँ इतनी भाषाएं इतने धर्म इतने महजब इतने जात पात और ये इकट्ठा होकर हमारे खिलाफ इन्होंने बगावत करी हमको विद्रोह किया ये किया वो हम फिर कभी इकट्ठा नहीं होने देंगे हर एक फॉल्ट लाइन ढूंढो और उसका फायदा उठाओ और पता सबसे पहली फॉल्ट लाइन क्या चुनी थी उन्होंने कास्ट 1872 में सर जॉन रिस्ले ने पहला कास्ट बेस्डस किया आपके देश में कास्ट बेस और पता ने क्या कहा? As as रोना यह है सत्तर साल हो गए आजादी के हमारे नेताओं ने अंग्रेजों से ज्यादा कास्ट का इस्तेमाल किया जो हमें तोड़ने के लिए किया गया था और जो स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे वो एक पैन इंडियन आइडेंटिटी बनाना चाहते थे पैन you know, भारतीय हूं, हूं, हूं, हूं, हूं, हूं, हूं।, हूं हम सब भारतीय हैं ये आपका सॉन्ग है आपकी नेशनल क्रेडिट कोर का इंडियन नेशनल आर्मी में सुभाष चंद्र बोस ने जात पात धर्म शर्म सब मिटा के हम सब भारतीय हैं का नारा पहले दिया था उस इंसान को आप याद कर ले आपके आधे दुख तकलीफ चले जाएंगे गांधीवाद से लड़ने वाला अगर एक था तो वो था जिसने कहा कि साहब भीख मांग के आजादी नहीं चाहिए लड़ ले के लेके बक्शी साहब आप ऐसा बोलते हैं इसीलिए कई बार आपकी आलोचना भी होती है आरे आरे। आरे। मैं, मैं फौजी हूँ ना मुझे किसी से कुछ लेना कुछ देना श्रीदेवी श्रीदेवी के शब्द जब तिरंगे में गया तब भी आपने कहा के बिल्कुल क्योंकि माफ कीजिए जितनी भी मैं इज्जत करता हूं उस अभिनेत्री की उनकी कला की लेकिन युद्ध कला अलग है साहब और बाकी कलाएं अलग है आप उनको मिला नहीं सकते क्योंकि युद्ध कला में जान जाती है पर खच्चे उड़ जाते हैं जिस्मों के मैं लड़ाई के मैदान में रहके मेरे दाएं लोग मरे हैं मेरे बाए मरे हैं मैंने अदाइया बाहर आती देखी है जवान की जो अपने हाथ से बेचारा ऐसे ऐसे करके खींच रहा है 21 फुट की होती है साहब शॉर्ट इंटरेस्ट लाइन और 6 फुट की बड़ी इंटरेस्ट लाइन आपने नजारा कभी आप हिसाब लगा सकते हैं कि एक आदमी अपने हाथ अपनी अपनी अभिनेत्री के साथ तो माफ कीजिए आप, आप, आप, आप, आप अन्याय कर रहे हैं एक सवाल रोहिंग्या मुसलमानों का भी है आपने कहा कि ये भी एक साजिश है पूरी की पूरी किस चीज की रोहिंग्या मुसलमान जो बिल्कुल आप देखिए साहब जम्मू कश्मीर में ना आप जाके बस सकते हैं ना मैं बस सकता हूं लेकिन चालीस हजार रोहिंग्या आप जाके वहां उनमें से आठ हजार आप कहां बसाते हैं हमारे संजवा कैंप के बाहर ताकि टेररिस्ट वहां आए रेकी करें आराम से खाने पीने खाएं सोएं वहां पे 10-12 दिन फैमिली की मूवमेंट मुण, देखे और सात उसके बाद आप भेजते हैं लद्दाख में जाकि की बौद्धों की संख्या घटा के ये की जाए आपकी आंख के नीचे हो रहा है एक नहीं भेज पाए आ, जरूर आपको उदारता का क्या बोलते जो समुद्र पड़ा तो सरकार की कथनी करने में अंतर क्यों आ जाता है इतना यही तो हम हैरान है अब आप बताइए अब जो है वो भारत का नागरिक कहाँ जाए इतनी उम्मीदों से हमने कहा कि साहब आप आइए आप तरफ कर दीजिए कई बार आपको केवल आदेश, आदेश देना कई बार दे, हम ना कई बार आप देश की बात करते हैं आपकी आंखें भर आती हैं ये चीजें राजनीताओं को समझ में नहीं आती आप <laughs> ठंडी सांस लेने के सिवा और क्या और क्या कहने को रह जाता है ये साहब मैं देखिए तभी तभी हम लोग हम लोग कहते हैं कि आप अपने फौजियों की आवाज सुनिए हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं मैं भूतपूर्व रिटायर्ड सैनिक मैंने चीफ बनना आप की... ना मैंने गवर्नर दर... आप की बात करते हैं। कई बार किसी फौजी का कि देखिये ऐसा है जब मैं फौज में था सबसे बड़ा इज्जत का सवाल होता था किसी पलटन के कमांडिंग ऑफिसर का साहब मेरी पलटन का खाना ये बोले ठीक कोई बोलता था तो वो आग बबूला हो जाता था सबसे अच्छा है क्योंकि देग देग, देग मतलब जिसमें खाना पकता है अगर अच्छी है तो जवान तगड़ा होगा तलवार और ट्रेनिंग अच्छी है तो फतेह ही फतेह आधार क्या है देग तो साहब हमारे जमाने में तो हमने सुना नहीं कभी ऐसा कि खाना खराब ये कि खाना खराब हो या हो सकता है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मोरना मैं तो खा जाता था जब मैं मैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग बना रोमियो फोर्स का कोई 20 के ऊपर ट्रूप्स मेरे साथ थे तो मेरे को जब कोई पलटन बुलाती थी सर आपके लिए शाम को सर ऑफिसर में खाना मैं ऑफिसर में खाना नहीं खाऊंगा आपके साथ मैं ओ मेस में खाना खाऊंगा मुझे जवानों के साथ खाना खिलाना है खाना खिलाना है तो जवानों के साथ सर वो स्टैंडर्ड में तो फिर ठीक करिए आपके दर्जे का नहीं मतलब तो मेरे दर्जे का करो जवान का तब मैं आऊंगा तुम्हारे पास और अगर तुम्हारा खाना फिट नहीं आप अगली भूल आप, आप ऐसी गर्णी गर्णी गर्णी करते हैं। तो नॉर्थ <laughs> आप, आप आप, आप <laughs> तो ब्लॉक में साउथ ब्लॉक में ये सब दर्ज होता है और एक बात नहीं दर्ज होने के जो परिणाम आने चाहिए वो नहीं आ रहे हैं लेकिन नहीं आएंगे देखिए अभी मेरी अकेली आवाज है ना इसलिए नहीं आ रहे जब लाखों लोग यही चीज बोलेंगे इंदिरा गांधी को लड़वाने के पीछे करोड़ों लोगों का आक्रोशुस्तानी तो और आवाज थी हिंदुस्तानियों की मतलब नो गवेंट कुछ बहुत हो गया अब सालों को ठोको तब तब ठोका और बहुत। अभी भी आपको अगर लड़ाएगा The voice of the people. एक आदमी राजनै दृष्टि से निपटने की कोशिश की गई वो जब भी है वो चिल्ला के बात करते हैं पाकिस्तान वाले चिल्ला के बात करते हैं हम दबी आवाज में बात क्यों करते हैं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर मैं कहता हूँ दबी आवाज में बात करिए लेकिन अपने कर्मों की जो आवाज है उसको बढ़ाइए कथनी से ज्यादा करनी और देखिए डोकलाम में जब हुआ तो मैंने कहा कि उस वक्त मैं इंडियन मिलिट्री रिव्यू का जो मंथली सिक्योरिटी इश्यूज़ पे मैगज़ीन है हमने इसका विश्लेषण किया और एक वॉर गेम करी कि साहब अगर डोकलाम में युद्ध होता है तो क्या हो सकता है और हमने साफ कहा कि चीन को नाको चने चबाने पड़ जाएंगे इस इलाके में उनको लेने के देने पड़ जाएंगे और मैंने ये भी कहा कि लड़ाई साहब इस साल नहीं होगी लड़ाई का अंदेशा 2018 में ज्यादा है क्योंकि उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी को जाना था पे उनको जाना था कहाजिंग में ब्रिक्स समिट के लिए अगर वो नहीं जाते तो चीन की कन्नी कटती भाई पांच में से एक ही नहीं आया स्तंभ तो चीन की कन्नी कट कर गई तो चीन बड़ा कीमता कि साहब किसी तरह से ये वार्ता हो जाए नंबर एक उससे भी ज्यादा बहुत कम लोग जानते हैं कि शी जिनपिंग साहब के खिलाफ पिछले चार सालों में कोई कम से कम छह सात षडयंत्र रचे गए हैं जान से मारने उन्हीं के देश वो अपना वहां पर जो है तब तक रहेंगे, रहेंगे। बेसरताज बादशाह बन गए हैं वो चीन के इस साल आपको खतरा है अगर इस साल झड़प झड़प हुई तो वो बड़ी हो सकती इसके लिए मेरा सुझाव एक भूतपूर्व सैनिक के तौर पर यह है कि प्लीज अपने आप को तैयार रखिए मश्क करिए और मुझे उम्मीद है मुझे अभी भी उम्मीद है कि हमारी सरकार ये दोनों को कुछ हिसाब ना चले दू, ये दूसरा वाला ये तो बड़ा टाइप का फोड़ा है और इसका तो इलाज जब तक ऑपरेशन एक बार ठीक ठाक नहीं होगा तब तक समझ में आने वाला नहीं है बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला साहब लातों की भूत कभी बातों से माने एक कविता है चार लाइने आपको सुनाता हूँ की ये फोड़ा नासूरी है इसका इलाज बेहद जरूरी है छीड़ाड़ करनी होगी तुमको पड़ेगा गीता में एक बहुत उत्तम उत्तम जो है सबसे अध्याय अध्याय पहला जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को ले जाते हैं और अगर फौजी भाषा में संस्कृत का अनुवाद किया जाए तो उन्होंने अर्जुन को क्या बोला अरे अर्जुन लड़ अगर तू नहीं लड़ेगा तो ये तेरे को मार डालेंगे ठीक है साहब आप नहीं लड़ोगे आप अहिंसावादी बन गए हो तो ये नहीं आपको छोड़ेंगे ये अहिंसावादी नहीं है हम कहते हैं अगर तुम्हें एक गाल पे तमा दूसरी गुजराते हैं अगर आपने जरूर कोई गलती की होगी सीटी मारी होगी कहीं पे तब आप चुपचाप मार तो निदान आपको निदान क्या नजर आता है देखिये निदान क्योंकि युवा पीढ़ी है वो आपकी उस बात से सहमत है कि चार टुकड़े करना चाहिए तरीका नहीं पता लेकिन तरीका देखिए समय अपने, अपने, अपने बहुत बलवान है समय इस जो लहर नीचे गई उसका वापस ऊपर आना अनिवार्य है साइन कर्व है ये भारत की जो सांस्कृतिक लहर थी हमारी सिविलाइजेशन की आज से कोई दस सदी पहले वो अपनी लोएस्ट मिनिमा तक पहुंच चुकी थी अब आप क्षण ये लहर चल रही है रही। आप चाहें आना चाहें आप महाशक्ति बन के रहेंगे और महाशक्ति तभी बनते हैं जब बड़े चैलेंज आते हैं अभी जो प्रधानमंत्री मोदी है और भी दिग्गजी के साथ भी रहा और वो कभी कभी जब भी वो समय देते हैं तो मैं जरूर जाके यही चीजें कहता हूँ और सार्वजनिक क्षेत्र में कहता हूँ लेकिन मैं समझता हूँ की एक छोटी सी आवाज जनरल बक्शी की नहीं होगा करिश्मा ये होगा जब ये आवाज नहीं, और मुझे जीतता वही जो लड़ता है देखिए इसी पीढ़ी में मुझे विश्वास है आज के दिन डेमोग्राफिक सर्विद्यू क्या आप जानते हैं की भारत की आबादी एक दशमलव तीन अरब है बीस सौ तक एक दशमलव चार अरब हो जाएगी चीन की आबादी से ज्यादा हो जाएगी 50 प्रतिशत इस आबादी में 25 वर्ष की आयु के नीचे हैं युवा है अगर आज हम फौज खड़ी करना चाहते हैं भारत वर्ष से बड़ी फौज पूरी दुनिया खड़ी नहीं कर सकती यही मौका है और मुझे विश्वास है इस युवा पीढ़ी में ये भारत को ले जाएंगे हम तो साहब हमा, हमारा जो होना था हो लिया। नहीं नहीं आप सब आप मुझे? सारे छप्पन बड़ी उम्मीद मुझे उम्मीद में ना उम्मीद नहीं मुझे अभी भी उम्मीद है मैं है, तो हैरान हूँ इतना समय लगा है लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है मुझे इस देश के युवाओं पर पूर्ण विश्वास है ये पीढ़ी हमको वहां पहुंचाएगी जहाँ जिन कीर्तिमानों पर हमको होना चाहिए जिन सिविलाइजेशनल हाइट्स पर हमको होना चाहिए चाहे आप चाहें या ना चाहें लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो आपको वहां ले जाकर छोड़ेंगे जो लहर नीचे गई उसका ऊपर आना अनिवार्य है ये हो कर रहेगा मेरी उम्मीद है कि मेरे जीवन काल में हो जाए जो भारत हम एक सशक्त सुदृढ़ भारत जिसने की नहीं चबा दिए जो जिस उठी उसको फार लिया। और ज़्यादा किसी ने दा, दिखाई युद्ध हम नहीं चाहते लेकिन चार टुकड़े तुम्हारे करके छोड़ेंगे ये मुझे मुझे मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये आपके और मेरे काल में होगा एक नया भारतीय युग आएगा आपने जिन्हें शुक्रिया आप सुन रहे थे जनरल बख्शी को बख्शी साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के चार टुकड़े भी होंगे और लेकिन उनको जितनी भी उम्मीद है वो युवाओं से है युवा कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि एक सुदृढ़ भारत हम सबके सामने सबस्कार वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का